हेलो नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं यानी कि 100 लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा है वो भी 15 दिन के अंदर तो अभी हम काफ़ी अच्छी स्पीड पे हैं बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं और हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आने और आगे आने वाले टाइम में इस चैनल पे यूट्यूब से रिलेटेड आपको काफ़ी वीडियो मिलेगी जो अपने चैनल ग्रो करना चाहते हैं टाइम के साथ साथ वो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मैं उनका उनकी काफ़ी मदद करने की कोशिश करूँगा अपने इस चैनल के ज़रिए अगर आपका कुछ डाउट है कुछ पूछना चाहते हैं अगर मैं उस टॉपिक पे वीडियो आगे बनाऊं तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आगे उस टॉपिक पे आगे वीडियो बनाऊं धन्यवाद थैंक यू